दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक अपनी ही फिल्म की एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय से शादी करने जा रहे हैं दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से डेट भी कर रहे हैं फिलहाल शादी की डेट अनाउंस नहीं की गई है लेकिन बताया जा रहा है कि शादी गोवा में होगी दृश्यम 2 साल 2022 हजार की हिट फिल्म रही है वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले अभिषेक पाठक अपनी ही डायरेक्ट की हुई फिल्म खुदा हाफिस और खुदा हाफिस टू की लीड एक्ट्रेस शिवालिका ओब्रॉय से शादी करने जा रहे हैं इनकी शादी गोवा में होगी